दर्शकों नमस्कार आप लोगों को एक आवश्यक सूचना ये देनी है कि आप लोगों के डिमांड पर तमाम लोग कहते थे कि पंडित जी आप बनारस आइए तो भगवान भोलेनाथ की नगरी बनारस आ रहे हैं दिनांक 17 और 18 तारीख को बनारस में रहेंगे इच्छुक दर्शक जो कोई भी वाराणसी से हैं या इसके आसपास क्षेत्र जैसे गाजीपुर हुआ मऊ हुआ और आपका जो है बिहार का कुछ बॉर्डर हुआ बलिया हुआ आप लोग आ करके इलाहाबाद हुआ आप लोग आ करके पर्सनली हमसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो भूलिएगा नहीं 17 और 18 जून बनारस में आ रहे हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करिए यदि फ़ोन नहीं उठता है तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्रोसेस बता दिया जाएगा और आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को होटल का नाम वगैरह बता दिया जाएगा दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार